भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनके लोग लगातार हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं शर्मा ने कहा जिस तरह से हिंदुत्व को एक कुरूप चेहरा बताया जा रहा है और उसके खिलाफ राहुल गांधी अभियान चला रहे हैं इसका देश को जवाब देना पड़ेगा हिंदुत्व के अपमान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा उन्होंने कहा राहुल गांधी जी आपके सिपाही सालार और आपके द्वारा हिंदू का अपमान लगातार हो रहा है आपने कहा कि हिंदुत्व एक कुरूप चेहरा है उसके खिलाफ राहुल गांधी अभियान चला रहे हैं शर्मा ने कहा आपको इस देश को जवाब देना पड़ेगा हिंदुत्व के बल पर अध्यात्म के बल पर दुनिया इस भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत के तौर पर नमस्कार करती है आज दुनिया इस हिंदुत्व के जीवन पद्धति के आधार पर ही भारत की संस्कृति और उसको मानने का प्रयास करती है लेकिन आप लगातार हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं राहुल गांधी जी आपके सिपाला और आपके लोगों के द्वारा और आपके द्वारा जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान लगातार हो रहा है आपने कहा कि हिंदुत्व गुरुप चेहरा है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी अभियान चला रहे हैं अरे आपको इस देश को जवाब देना पड़ेगा जिस हिंदुत्व के बल पर जिस आध्यात्म के बल पर दुनिया इस भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत के तौर पर दुनिया जिसको नमस्कार करती है आज दुनिया इस हिंदुत्व के जीवन पद्धति के आधार पर ही दुनिया आज भारत की संस्कृति और उसको मानने का प्रयास करती है लेकिन आप लगातार हिंदुत्व पर जो प्रहार करते हैं शर्मा ने कहा हिंदुत्व का आपने जिस प्रकार से अपमान किया है ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है आपके बारे में जनता जानना भी चाहती है कि आप क्या है आप केवल हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति जो जीवन भर कांग्रेस ने की लगातार आप कर रहे हैं जिसे देश जानता है किसी प्रकार से ये देश आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता हिंदुत्व पर आपने जिस प्रकार का अपमान किया है कि देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है आप क्या हैं पहले तो आप यही बता दीजिए आपके बारे में जनता जानना भी चाहती है कि आप क्या हैं। आप केवल इन पर प्रहार करके अपने आप को जो अन्य जो लोग हैं इस भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति जो जीवन भर कांग्रेस ने की लगातार आप कर रहे हैं इससे ये देश जानता हर प्रकार से आपको किसी प्रकार से न आपके साथ खड़ा हो सकता है लेकिन इसका जवाब देश आपसे जरूर मांग है